शेयर मार्केट एक जंग का मैदान है एक बैटल फील्ड है दोस्तों जहाँ हमें जीतने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है और आप तो जानते ही होंगे कि किसी भी जंग को जीतने के लिए अगर हम बिना हथियार के जाएंगे तो हमारा क्या हाल होने वाला है ऐसे ही हर इंसान को अपने जीवन में जीतने के लिए या कुछ कमाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है बड़े से बड़े वकील को अगर कोई कोर्ट में केस जीतना है उसे भी पूरी तैयारी करनी पड़ती है किसी डॉक्टर को अगर ऑपरेशन करना है तो उसे भी सारे इक्विपमेंट्स के साथ में पहले से तैयारी करके रखना पड़ता है नहीं तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकता ऐसे ही दोस्तों शेयर मार्केट की दुनिया में भी जंग जीतने के लिए हमें कुछ ऐसे टूल्स की आवश्यकता होती है जहाँ पे हमें यूज़ करके उस चीज़ को बहुत अच्छे से हासिल कर पाए ज़्यादातर आप मेरे दोस्त जानते होंगे कि मैं कौन से टूल्स की बात कर रहा हूँ जी हाँ दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस नॉर्मली तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और उनको लगता होगा ये कितनी बड़ी महाभारत है अगर इन दोनों चीज़ों को हम सीखेंगे पता नहीं क्या क्या ज्ञान लेने की ज़रूरत है कॉमर्स का बैकग्राउंड चाहिए या फिर बिज़नेस में कोई प्रॉपर नॉलेज चाहिए या अकाउंटेंसी का नॉलेज चाहिए नहीं दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको बता दूँ ये सीखना और समझना इतना आसान है कि कोई छोटे से छोटा बच्चा भी ये बहुत ईजीली समझ सकता है इसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो स्टडीज का आज इस वीडियो में हम लोगों ने प्रयास किया है कि आप लोगों का एक बेस हम बहुत अच्छे से क्लियर कर दें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आज का वीडियो देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी इन दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ये मेरा आपको प्रॉमिस है हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आशीष दीवान और हम एक मिशन पर हैं हम इस मिशन पर हैं कि हमें दस लाख लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आना है बाई यूजिंग आर यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता दूं दो दोस्तों कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस समझना बहुत आसान है क्योंकि हम इसे रोज़ अपनी ज़िंदगी में भी फॉलो करते हैं ये हमें पता नहीं है कैसे तो ये आपको आज इस वीडियो में डेफिनेटली मालूम पड़ जाएगा आप में से जो मेरे दोस्त नए हैं चैनल के ऊपर जाके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की लर्निंग्स वाली वीडियो यूँ ही मिलती रहे सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस समझते हैं दोस्तों फंडामेंटल मारी फाउंडेशन बनाना किसी भी चीज़ का बेस बनाना या नींव रखना हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं बेस बनाते हैं ताकि बिल्डिंग अच्छी बने मैं आपको इसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ समझिए आपने अपने घर में कोई नौकर बना तो उस सबसे पहले क्या करेंगे आप सबसे पहले उससे आप बात करेंगे उसका नीचा समझने की कोशिश करेंगे ये समझेंगे कि वो कहाँ से आया है उसका बायोटा चेक करेंगे आप कि वो कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं आया हुआ तो दोस्तों ये चीज़ें होती है फंडामेंटल सबसे पहले हम समझते हैं कि फंडामेंटल ही सामने वाला क्या है क्या समझिए आपने कोई स्टाफ रखा अपने ऑफिस के अंदर उसका भी आप बायोडोटा देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर सकता है ये हो गया फंडामेंटली किसी भी चीज़ को सरल भाषा में समझना अब समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं अब वही नौकर या स्टाफ जो आपने रखा है अपने पास में उसको जब समय हो जाएगा दो से महीने का तो आप उसके चाल चलन को समझ पाएंगे कि वो किस समय उठता है किस समय आता है लेट तो नहीं आता है या लेट तो नहीं जाता है उसकी हर एक जाल चलन को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे और तो उसके बाद आप एक धारणा बना लेंगे माइंड के अंदर कि ये आदमी इस टाइप का है इसके बायोडा में वो चीज़ नहीं थी लेकिन अब इसके बारे में ये समझ में आने लगा है दोस्तों इस चीज़ को एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये आपसे ही कहीं ना कहीं लिंकडअप है बात कर लेते हैं अगर हम एग्जाम्पल लें लव मैरिज और अरेंज मैरिज का दोस्तों अरेंज मैरिज में क्या होता है अरेंज मैरिज में जब हम अपना बायोडाटा सामने वाले के पास भेजते हैं और वो आपको देखने के लिए आते हैं तो कितनी देर बात हो पाती है पाँच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट दोस्तों यही होता है हम बायोडाटा डाटा देख के सामने वाले को जज करने की कोशिश करते हैं और एक बार फंडामेंटली आप लोगों को सामने वाले की फैमिली और उनका नीचे समझ में आ गया आप रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और क्या आप सामने वाले को अच्छे से समझ पाए नहीं ना क्योंकि वो फंडामेंटली आप सामने वाले से अटैच हो गए थे कि मुझे ये रिश्ता पसंद है और उसके बाद में जब आठ दस साल आपकी शादी को हो जाते हैं तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि क्या हाल होता है आप लोगों को एक दूसरे के मैटर में समझने की पूरी की पूरी लिबर्टी मिल चुकी होती है और आप समझ चुके होते हैं कि सामने वाले का नेचर क्या है वो किस बात पर क्या गुस्सा करने वाला है या करने वाली है ऐसा क्यों होता है दोस्तों क्योंकि सामने वाले का एक चार्ट पैटर्न आपके माइंड में फ्रेम हो जाता है कि किस बात से उसको गुस्सा आएगा किस बात से उसे खुशी मिलेगी किस बात से सामने वाले को नाराजगी हो सकती है या सामने वाला अपसेट हो सकता है या किसी भी चीज़ की सामने वाला अपने घर वापस भी जा सकता है क्योंकि आपको उसकी बात पसंद नहीं आई आपको जो कि पहले नहीं मालूम था लेकिन वो चार्ट फ्रेम हो चुका है इसलिए आप वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आपको उसके चाल चलन का पता लग चुका है अब दोस्तों लव मैरिज में क्या होता है लव मैरिज जस्ट होता है हम सामने वाले के बारे में पहले ही सब कुछ जान चुके होते हैं क्योंकि अपना मैक्सिमम टाइम हम उन लोगों के साथ में स्पेंड कर चुके होते हैं पर फंडामेंटली हम उन्हें नहीं जानते उनके घर वाले कैसे हैं उनकी चाल चलन कैसा है घर पे उनकी फिनेंशियल स्टेटस कैसा है ये सब चीज़ें हम बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं क्योंकि हम प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है पर जब आप लव मैरिज करके जाते हैं तो आप देखते हैं फंडामेंटली मैं तो कुछ और सोच रहा था या सोच रही थी उसके बाद क्या होता है उसके बाद यही होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स कई बार हमारी लाइफ में आ जाती हैं क्योंकि हमने उस चीज़ को फंडामेंटली स्टडी नहीं किया हुआ था इसीलिए शायद आज मेरे नए दोस्त बहुत सारे यंगस्टर्स लिव इन रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम उन्हें फंडामेंटली भी समझ सामने वाले को और टेक्निकली भी समझ लें कि सामने वाले का चालचल कैसा है और फंडामेंटली वो कितना साउंड है दोस्तों अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आशीष जब आई लिस्ट होता है या कोई कंपनी की लिस्टिंग होती है तब क्या होता है तब समझिएगा दोस्तों कोई बच्चा पैदा हुआ है अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता ना फंडामेंटली ना टेक्निकली ये कहने की बात होती है कि पूत के पैर तो पलने में दिखे आते हैं ऐसा कुछ नहीं होता सबसे पहले तो जब आई आता है तो उस समय हमें उस शेयर के बारे में या उस कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है जब वो बच्चा 8-10 साल का हो जाएगा तब उसके आपको मालूम पड़ने लगेगा कि वो बच्चा किस चीज़ में होशियार है उसमें क्या कमियाँ हैं वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है या स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तो उसका भी एक चार्ट पैटर्न बन चुका होगा कि वो किस चीज़ में क्या रिएक्ट करेगा तो आपकी लाइफ में भी हर जगह चार्ट पैटर्न फॉलो होता है दोस्तों कि हम चाहे माने या ना माने दोस्तों इस पूरी शेयर मार्केट की जर्नी के अंदर हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपको बहुत सरल भाषा में ये सारी चीज़ें सिखाएं इसीलिए मैंने ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपल वे में आपको आज शॉर्ट में बताया है ताकि आप कहीं पीछे ना रह जाएं। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं तो पढ़ाई किया ही नहीं हूँ मैंने तो कुछ स्टडीज़ ही नहीं करी तो फिर मैं कैसे सीख पाऊँगा इन चीज़ों को इसलिए हमने आपके लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ में ये केवल एक इंट्रोडक्ट्री फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज आप दोनों को देने की कोशिश की है अब आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि आशीष ये तो समझ में आ गया पर शेयर मार्केट की लैंग्वेज में इसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों अगला वीडियो इसका सेकंड पार्ट हम जल्द आपके लिए ले लेके आ रहे हैं ताकि आप लोगों को इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में मालूम पड़े यहाँ आपका दिमाग एटलीस्ट टेक्निकली काम करने लगे कि अच्छा यहाँ ग्राफ बन रहा है यहाँ फंडामेंटल ये चीज़ अच्छी है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी हैं उससे पहले आपका ये बेस बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और हमारी वही वाली बात बेस वाली कि अगर बेस वीक रहेगा तो बिल्डिंग कभी भी अच्छी नहीं बन सकती और हमें तो आपका बेस इतना स्ट्रांग बनाना है दोस्तों कि आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपकी खुद की इतनी सारी बिल्डिंगे हो इतना पैसा आप शेयर मार्केट से कमा सके आई होप आपको हमारा एफर्ट और वीडियो दोनों बहुत पसंद आए होंगे अगर पसंद आए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके घर वालों के लिए या आपके फ्रेंड्स के लिए जिन्हें इसका बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनको जाननी चाहिए तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना मत भूलिएगा क्योंकि उसके बाद ही आपको पर्सनलाइज वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज नया वीडियो आपके लिए आ चुका है बिकॉज एज वी ऑलवेज से Learning is learning so happy learning